प्रभु के दिवा कहीं दिल न लगा प्रभु के दिवा कहीं दिल न लगा नहीं तो पड़ेगा तुमको नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहा प्रभु के दीवार कहीं दिल न लगाना प्रभु के दीवार कहीं दिल न लगाना। गुण गाने किया है सैटा जीवन वही जिया जो प्रभु का गुण गाने किया है सैटा जीवन वही दिया जीवन न के बल से तुझको तुम के बल से तुझको मुक्ति है पाना प्रभु के सिवा दिल न लगाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुमको नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू तू बहा जमा है बीत गया समय कहाँ बल बन गया आज जमा है बीत गया अब समय कहाँ सोच के, सोच समझी के गवाना प्रभु के शिवा कहीं दिलना लगाना प्रभु के शिवा कहीं दिलना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुमको नहीं तो पड़ेगा तुमको हाँ तो तु वहाँ कहीं दिल ना लगन हो आया है से, वहीं फिर है जाना महाता जाना पैसा खजाना वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना आया है जहाँ से वहीं फिर है जाना वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना वहाँ साथ डाल न पैसा छा पूछेगा तो क्या पूछेगा तो क्या करोगे तो बहाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुमको नहीं तो पड़ेगा तुमको हाथों बहाना सब जीवा कहीं दिल ना लगाना सब जीवा कहीं दिल ना लगा